पहले तो बच्चों की में है, है? सर देखो हाथ हाथ नहीं हाथ नहीं वो नीचे नीचे, नीचे, नीचे बैठा उल्टा कर दो बैग जाने दो ना बैग अब बुके निकल जाने दो सर बुके उठा लेंगे दोबारा उधर को नहीं इधर ही करो अभी निकला होगा वो इतनी आसानी से थोड़ी निकलेगा पीछे से उठा लो उधर बता ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर आओ आओ पहले आप जा, जा रखो छोटा सा रुक ऐसे नहीं उठाना था था था। ओ जो है, जो है, वो लो जो बस। वो वो लो तो तो है पूछ पूछ तो तो तो नहीं नहीं सर सर पूछ निगली पूछ निगली पूछ निकली निकली निकली है वो भाई थो थो। मोटो वो। थो थो है है है वो वो वो सब छोटा मोटो बना बना बना, बन रही बना बना ऊपर बन बन रही गया घुस के नीचे दूर से बच गई कोई बनो वीडियो बनो घुस गाओ वो कुछ गावो हमें ओ तो ना